वट्स एप एवरी तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडफिनिट टेंस ये टेंस का पार्ट टू है अगर आपने पार्ट वन नहीं देखे तो पहले पार्ट वन देखिए उसमें हमने बहुत सारी कुछ डिस्कस किए हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत सारे नॉलेज ऐसा है जो टेंस पढ़ने से पहले अगर वो जान ले तो टेंथ बहुत आसान हो जाता है तो इसलिए आप पहले जा जाके टेंथ्स का पहला पार्ट देखिए उसके बाद आप पार्ट टू देखिएगा और जो पहला पार्ट देख चुके वो यहाँ देखिए तो जैसा कि हमने पार्ट वन में ही सारे एक्शन को सारे जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है उसको भी क्लासिफाई किया था और बताया था कैसा कैसा, कैसा टेंस कैसा कैसा एक्शन कौन सा टेंस में आया करता है तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसमें देखे थे क्या क्या कैसा होता है सो तो आज हम लोग देखते हैं उसमें कौन कौन सा एक्शन आते कैसे वर्ब्स आते हैं वो सब तो देखो इसमें किसी का हैबिट बताने के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस में हैबिट नेचर रेगुलर वर्क यूजल वर्क यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ जो भी कह सकते और फिर हाँ फीलिंग्स फीलिंग्स या फिर इमोशंस बस इतना तो इस टेंस में प्रेजेंट एंड टेंस में जितने भी हैबिट होते हैं नेचर होते हैं रेगुलर वर्क जो हम लोग हमेशा करते हैं हैबिट जैसे मैं मैं रोज़ सुबह टहला करता हूँ ये मेरा हैबिट है है ना और नेचर जैसे मैंने एक तो एग्जांपल दिया था बिल्ली मांस खाती है बिल्ली मांस खाती है तो ये उसका हैबिट है क्या नहीं वो क्या करती है क्या क्या उसको मतलब ये करना अच्छा लगता है क्या नहीं ना तो वो उसका नेचर है वो खाती है ऐसा ही है तो उसका नेचर है रेगुलर वर्क रेगुलर वर्क जैसे हम जो हर रोज़ करते हैं जैसे मैं खाना खाता हूँ है ना तुम खाना खाते हो ऑफ कोर्स खाते होगे ना तो ये रेगुलर वर्क है यूजुअल वर्क वैसे ही जो हम लोग रेगुलर ही करते वैसा ही यूजुअल यूजुअल भी इसी को कहते हैं ओके यूनिवर्सल ट्रूथ अगर मैं कहूँ सूर्य पश्चिम से उठ उगता है तो क्या ये सही होगा नहीं कभी नहीं कभी नहीं तो इस तरह सूर्य पूर्व से उगता ये एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये एक सच्चाई है ऐसा सच्चाई जो कभी गलत नहीं हो सकता तो उसी को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ फीलिंग्स एंड इमोशंस जैसे मैं मैं अपने देश से प्यार करता हूं तो ये सब आ गया फीलिंग्स ओके okay? तो इस तरह जितना भी वर्क्स है जितना भी एक्शन है वर्ब है ये सब सारा का सारा प्रेजेंट इन टेंस में आते हैं अब देखते हैं इसको बनाते कैसे एक तो एग्जांपल लेते हैं हाँ हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं देखो मैंने एक तो एग्जांपल ले लिया हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं हमने यहाँ तक तो देख लिया कि इसमें हम लोग हैबिट नेचर रेगुलर वर्क एट्सेट्रा स्ट्रक्चर जो भी है वो सब हम लोग इसमें देखते हैं इसमें पढ़ते हैं लेकिन एक तो सेंटेंस मिल गया हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं अब इसको ट्रांसलेट कैसे करें क्या है इसका रूल तो ये देखो हमने पार्ट वन में देखा था कि कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है ओके okay? बस वैसा ही इतना ही आसान ये प्रेजेंट इंड डेफिनेट टेंस है प्रेजेंट इंड डेफिनेट टेंस उतना टफ नहीं है अगर ये हिंदी में आपको याद आ गया या इस तरह का जो सेंटेंस है कैसे सेंटेंस आते हैं कैसा वर्क जो है इसमें कैसा एक्शन्स है वो अगर आते कि इसमें कौन सा एक्शन आएगा तो आपसे इंग्लिश बहुत नहीं बहुत आसान लगेगी आपको है ना तो देखो इधर सब्जेक्ट भरव ऑब्जेक्ट हम ये तो पहचानना सीख रहे थे तो कि क्या सब्जेक्ट होता है क्या भर्व होता है क्या ऑब्जेक्ट होता है है ना तो ये देखो हम लोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट है या फ्लूरल जल्दी बताओ पार्ट वन में हमने बताया था जितना भी ये सब्जेक्ट है वो कौन सा सिंगुलर होता है कौन सा फ्लूरल कौन सा फर्स्ट पर्सन कौन सेकंड कौन थर्ड ये सभी बताया था और इसका इंग्लिश भी हरि आप जल्दी कमेंट किया करो देखो एक रूल है अगर सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए क्या होना चाहिए सिंगुलर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जो है वो भी प्लूरल होना चाहिए अगर सब्जेक्ट ये जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए अब देखो एक चीज और देखो सब्जेक्ट में या फिर नाउन होते हैं या फिर प्रो नाउन होते है, है ना लेकिन हम लोग अभी प्रोनाउन को नहीं नाउन के बारे में अभी बात करें कि नाउन में अगर नाउन प्लस एस या ई एस मतलब नाउन में अगर हम लोग एस या ई एस जोड़े तो ये जो है वो प्लूरल बन जाता है क्या बन जाता है प्लुरल नाउन प्लूरल बन जाता है जैसे अगर हम लिखे पेन पेन नाउन है ना तो अगर इसमें एस जोड़े तो ये हमारा प्लूरल बन गया लेकिन अगर हम लोग लो वर्ब में वर्व वर्म प्लस एस या ई एस तो ये बन जाता है सिंगुलर सिंगुलर फॉर एग्जांपल गो गो कोई भी वर्ग जो अपना भीवन का फॉर्म में आता है मतलब जो अपना मूल रूप में रहता है वो हमेशा प्लूरल रहता है ठीक है वो हमेशा प्लूरल होता है सिर्फ उसका वी फाइव जो है वी फाइव वो हो जाता है सिंगुलर तो गो में एस या ई एस जोड़ो गो प्लस ई क्या हो जाता है गोज वर्ब में तो वो singular, लेकिन नाउन में जल्दी course, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है कौन सा प्लूरल तो हम लोग पहले सब्जेक्ट जो है ये हम लोग उसका इंग्लिश लिखते हैं तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है जल्दी वी क्या होता है वी अब इसमें से वर्ब छाटो कौन सा है क्या अंग्रेजी वर्ब है या पढ़ना ये वर्ब है ऑफ कोर्स पढ़ना जो है वो वर्ब है तो इसमें देखो तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखे तो सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हाँ हो गया अब वर्ब हम लोग छाट रहे हैं वर्ब कौन सा है ये है चलो पढ़ना का क्या होता है रीड होता है रीड अब ये जो है वी वी प्लूरल है या सिंगुलर है ऑफकोर्स ये प्लूरल हम लोग देख चुके हैं ठीक है तो रीड ये प्लूरल है या सिंगुलर है ये अगर वी वन का फॉर्म में है तो ये प्लुरल ही होता है मतलब ये प्लूरल है तो हम लोग v के साथ वी वन यूज कर सकते हैं तो हम लोग लिखते हैं वी रीड अब लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या बचा ये देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी है ना जो इसका आंसर आता है जैसे क्या पढ़ते हैं है ना तो ये जो है अंग्रेजी तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है है ना वी रीड रीड क्या पढ़ते हैं किस पे इफेक्ट पड़ता है तो ये अंग्रेजी है तो वी रीड इंग्लिश है ना बन गया इसमें कोई दिक्कत नहीं तो चलते अब एक तो दूसरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं वह खाना खाता है खाना खाता है अब ये देखो वह खाना खाता है ठीक है वह खाना खाता है अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है वह ये सिंगुलर है या प्लुरल है अफकोर्स सिंगुलर है कौन सा है सिंगुलर सिंगुलर तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग को सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है वी फाइव तो सबसे पहले हम लोग ही लिखते हैं और वर्ब क्या है इसमें खाना है ना ये ये नहीं है ये खाना है जो फूड है वो लेकिन ये खाना जो खाता है ये जो है ये होता है हम लोग का वर्व खाना खाते में ये तो ठीक है तो वर्ब हम लोग लिख लेते हैं तो वर्व क्या है इसमें खाना खाना का क्या होता है ईट तो ईट जो है उसका वी फॉर्म वन फॉर्म है ना इट जो है वो अपना वी वन फॉर्म में है तो वी वन फॉर्म तो हमेशा प्लूरल होता है तो अब हम लोग इसमें कौन सा फॉर्म यूज करें एस आई एस लगा दो तो सिंगुलर बन जाएगा है ना तो उसी को कहते हैं हम लोग वी फॉर्म तो हम लोग इट के साथ वी लगाते हैं मतलब इट्स इट्स एस लगा दिए तो ये क्या बन गया ही इट्स उसके बाद खाना का Food. है ना अब देखते हैं और सारा एग्जाम्पल्स वो दो सेंटेंसे हम लोग को ये पता चला कि कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट एंड में है उसका वर्ब या फिर भी वन में हो सकता है या फिर वी फाइव में हो सकता है अगर सिंगुलर रहे तो वी फाइव और अगर प्लूरल रहे तो भी वन बाकी जिस तरह हम लोग का सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग वैसे ही बना देंगे इसको ठीक है जैसे जैसे यहाँ देखो तुम क्रिकेट खेलते हो अब यहाँ देखो भी लगेगा या वी लगेगा तो उसके लिए थोड़ा सा एक ठो शॉर्ट दे देता हूँ जैसे आई यू दे ये सब प्लस थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट ये सबके साथ भी वन लगेगा है ना मैं ये पिछला बार भी बताया था जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ सिंगुलर वर्व लगता है जो प्लुरल रहता है उसके साथ प्लुरल तो ये सबके साथ भी वन लगेगा यानी कि प्लुरल वर्व और दूसरा रहा जैसे ही सी इट और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नेम रहे जैसे राम सीता ये सब या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट तो ये सबके साथ वी फाइव लगेगा अब शायद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों, को जैसे अब बनाओ तुम क्रिकेट खेलते हो ये देखो हम लोग को फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जितना भी है वो सब में देखना ही नहीं है डायरेक्ट भी बन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन क्योंकि देखो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर जो है एक तो आई वो अभी एक्सेप्शन है वो कभी प्लूरल हो जाता है तो कभी सिंगुलर हो जाता है तो आई को छोड़ दो आई है वो एक्सेप्शन है जहाँ रूल है वहाँ एक्सेप्शन है है ना तो आई जो है वो एक्सेप्शन है इसमें आई हाँ हाँ है है ना तो आई को छोड़ दो वी हो गया प्लूरल यू है वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल होता है तो हम लोग उसमें प्लुरल वर्ब यूज़ किया करते हैं है ना तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन तो इधर ही चला गया बाकी थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है तो जब भी हम लोग यूज़ करेंगे वी वो हमेशा हर जगह होगा लेकिन वी जो यूज़ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा ओके तो आज फिर हम लोग देखते हैं कौन सा कहाँ आएगा सो देखते हैं एक्सरसाइज है तुम क्रिकेट खेलते हो तुम क्रिकेट खेलते हो ये बताओ फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है ऑफकोर्स ये सेकेंड पर्सन है और यू है है ना तो ये तो प्लूरल है Plural के साथ यानी भीवन तो तुम का यू अब इसमें वर्ब क्या हो रहा है खेलना खेलना का प्ले यू प्ले फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसका क्रिकेट यू प्ले क्रिकेट है ना फिर देखो सूर्य पूर्व से उगता है सूर्य पूर्व से उगता है अब ये देखो मैंने कहा था ब्रह्मांड का कोई भी चीज जो अगर सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होता है अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल होता है थर्ड पर्सन में तो ये फर्स्ट पर्सन है क्या नहीं सेकंड पर्सन नहीं थर्ड पर्सन कोर्स थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है या प्लुरल सूर्य एक है ना तो सूर्य के सूर्य के बारे में बोल रहा है ना तो दर्शन दर्शन राइजेज इन ईस्ट कोई दिक्कत है सब में नहीं फिर देखो मैं अपने देश को प्यार करता हूं मैं यही अभी एग्जाम्पल दिया था ये जो है ये सिंगुलर है है ना फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है लेकिन मैंने कहीं यहाँ लिखा है क्या थर्ड ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर के साथ ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर के साथ भी फाइव लगाना नहीं ना तो ये हमेशा और हमेशा थर्ड पर्सन ही लिखते थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में सारा का सारा प्लूरल अभी मानो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सारा का सारा Plural होता है ओके? तो मैं अपने देश को प्यार करता हूं सब्जेक्ट जो है वो I है, सिंगुलर है लेकिन भर भी इसमें क्यों? प्लुरल है तो आई फिर सब्जेक्ट क्या है ये भर क्या है? लव ये देखो और ऑब्जेक्ट क्या है अपने देश को है ना तो इसको बनाओ आई लव माई कंट्री है ना आगे देखते हैं मोहन अंग्रेजी पढ़ना चाहता है मोहन अंग्रेजी पढ़ना चाहता है अब इसमें देखो मोहन यही है ना सब्जेक्ट यही है ये यह कौन सा है थर्ड पर्सन सिंगुलर ओके तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके लिए हम लोग ये मोहन का मोहन लिखते पहले मोहन अब देखो पढ़ना भी भर्व है चाहना भी भर्व है पढ़ना भी भर्व है चाहना भी भर्व है तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें पढ़ना का लिखे या चाहना का लिखे वो देखो अगर किसी ने पहले ही ये पढ़ रखा है तो जल्दी कमेंट सेक्शन का यूज़ करो और आंसर दो देखो जब भी इस तरह का कंडीशन आए जब दो वर्ब मिल जाए तो अपना जो टेंस है उसके अनुसार पहले एक वर्ब सेलेक्ट करना अब ये देखो काम हो कौन सा है पढ़ने का या चाहने का देखो मोहन अंग्रेजी पढ़ना चाहता है अंग्रेजी पढ़ना चाहता है अंग्रेजी पढ़ना चाहता है अंग्रेजी, चाहता है. अंग्रेजी पढ़ रहा है क्या नहीं लेकिन चाह रहा है तो चाहना इसका मेन वर्ब हो जाएगा कौन सा चाहना तो ये वर्ब ये कौन सा हो जाएगा पढ़ना ये कौन सा हो जाएगा ये क्यों आया यहाँ अगर चाहना ही वर्ब है तो फिर ये क्यों आया पढ़ना देखो जब भी कोई सेंटेंस में हम लोग को दो वर्ब मिल जाए ना तो उसमें से एक तो इन्फिनी बना देते हैं उसमें टू प्लस वी से इन्फिनिटी बन जाता है कौन सा टू प्लस वी तो पढ़ना का क्या होता है रेड ना तो टू प्लस रेड टू प्लस रीड से ये सेंटेंस में जोड़ देंगे वर्ब के बाद जैसे मोहन उसके बाद भर्व क्या है चाना तो इसका क्या हो जाएगा वांट या वांट्स होगा जल्दी बताओ वांट या वांट्स मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसीलिए सिंगुलर के साथ भी फाइव मतलब उसके बाद टू प्लस वी वन ये वर्व है इसीलिए टू रीड अब क्या पढ़ना चाहता है वो अंग्रेजी है ना तो उसको यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश अब देखते हैं नेक्स्ट एक जो बचा है है वो तो ये दो अलग टाइप का सेंटेंस मैंने यहां रखा है, जो शायद आपको बाद में काम आए और वैसे भी इस तरह का जितना सेंटेंस है अगर आपके पास बुक है कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन का तो उससे बना लेना प्रेजेंट इंडिफिनिट में इस तरह का सारा सेंटेंस मिल जाएगा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा वह चाय बनाना जानती है देखो जब कोई चीज़ को जानने का कोई चीज़ का नॉलेज रखने का बात किया जा रहा हो जैसे कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाना जानता हूँ मैं यहाँ बोला मैं अंग्रेज़ी पढ़ाना जानता हूँ पढ़ाना जानता हूँ मतलब कोई भी चीज़ को जानने का काम देखो यहाँ पढ़ना चाहता है यहाँ जानना नहीं चाहता है तो इसी तरह कोई भी चीज़ को जानने जिसमें क्वालिटी ये क्वालिफिकेशन जहाँ दिखाए दिखाया रहे तो उस तरह का क्वालिटी के लिए हम लोग टू हा टू का यूज़ करते कौन सा हाओ टू का ना कि सिर्फ़ टू प्लस भी वन जैसे देखो वह चाय बनाना जानती है तो ये बताओ इसके लिए ही लिखे या सी लिखे सी आएगा क्यों क्योंकि एक तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और दूसरा स्त्रीलिंग है है ना देखो यहाँ जानती है इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है कोई फीमेल है या कोई गर्ल है ओके अब उसके बाद बताओ हम लोग सब्जेक्ट लिख लिए अब वर्व बताओ वर्ध कौन सा है चाय बनाना या जानना ये जल्दी बताओ चाय बनाना या जानना ऑफकोर्स जानना क्या जानना जानना इसमें वर्व है सी नो नोज उसके बाद देखो जब भी कहीं जानने का रहे जैसे कि मैं पढ़ मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ तुम पढ़ना जानते हो वह तैरना जानता है वह लिखना जानता है वह रोना जानता है कुछ भी कोई भी करना जानता है जैसे वह गाड़ी चलाना जानता है वह हवाई जहाज़ उड़ाना जानता है तो कोई भी चीज़ जहाँ जानना लगा रहे उसमें हमेशा हम लोग हाउ टू का यूज़ करते हैं क्या हाउ टू सी नोज उसके बाद हाउ टू हाउ टू उसके बाद क्या हो जाएगा चाय बनाना तो चाय बनाना का क्या हो जाता है प्रपेयर टी पी prepare हाँ। टी सी नोस हाउ टू prepare टी अगर ये आपको समझ में आया तो एफर्मेटिव का और एक थो, दो थो एग्जाम्पल देता हूँ बना के कमेंट करना ठीक है जैसे लिखो न, मेरे पिता से मुझे प्यार करते जल्दी से इसको कमेंट कर देना यह सब मैं बनाने वाला नहीं हूँ ठीक है जल्दी से कमेंट करो और बता रहा हूँ वह परीक्षा पास करने की तैयारी करता है या वह परीक्षा पास करने की कोशिश करता है लिखो और वह तैरना जानता है और बस इतना अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस हमने अफर्मेटिव देखा उसमें सब्जेक्ट और भव सब्जेक्ट के अनुसार लगाया भी वन और वी फाइव अगर प्लूरल है तो वी वन लगाया सिंगुलर है तो वी लगाया लेकिन नेगेटिव में होता है कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर हम लोग नेगेटिव कुछ डालेंगे तो या फिर नेगेटिव वर्ड होना चाहिए या फिर उसमें नोट होना चाहिए तो नेगेटिव में कोई नेगेटिव वर्ड ये सब में से कोई दूसरा नहीं है सिर्फ एक नहीं ही है जितना भी है सारा के सारा सिर्फ नहीं है तो नहीं के लिए हम लोग सिंपली कोई सेंटेंस में सिर्फ हम लोग नोट को डाल देते तो उससे हमारा नेगेटिव बन जाता है लेकिन टेंस में अगर कोई सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ड नहीं है तो उसका नेगेटिव नहीं हो सकता क्यों क्योंकि नेगेटिव वर्ड नॉट जो है उसका एक तो रूल है कि वो जब भी आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है जब भी आएगा वो हमेशा उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ये सही है अगर सिंपली नॉट दे देते तो वो गलत हो जाता तो इसीलिए हम लोग को ये सब में ये जो स्ट्रक्चर जो पहले हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट वी या वी प्लस ऑब्जेक्ट तो इसमें हम लोग को एक ठो हेल्पिंग वर्ब डालना है जिससे ये सब्जेक्ट ये जो सेंटेंस है उसमें कोई फर्क ना पड़े तो उस तरह का एक ठो डाल ये ढूंढते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या होता है जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखा आई रीड आई रीड ठीक है अब इसका मतलब बताओ क्या होता है मैं पढ़ता हूं लेकिन अगर मैं लिख दू आई डू रीड तो डू रीड डू का मतलब क्या होता है करना और रीड का मतलब पढ़ना मतलब मैं पढ़ाई करता हूँ है ना मैं पढ़ाई करता हूँ क्या ऐसा मैं ये सेंटेंस में मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं पढ़ाई करता हूँ इसमें कोई चेंज है मीनिंग चेंज लग रहा है नहीं मतलब मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ाई करता हूँ दोनों सेम है मतलब आई रीड में डू भी एक ठो छुपा रहता है उसको वही हेल्पिंग वर्ब को हम लोग नेगेटिव बनाते तो उसको निकाल लेते हैं ओके okay? तो कोई भी इंडेफिनेट का सेंटेंस हो उसमें हमेशा डू छिपा रहता है अगर वो अफर्मेटिव का रहता है तो तो क्या हम इसको डू बाहर निकाल के रख सकते हैं जैसे अगर हम बनाते हैं आई रीड तो उसको आई डू रीड हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते है. क्यों क्योंकि अगर कोई सेंटेंस में डू लगता है बाहर से जैसे पहले तो इसमें डू रहता है लेकिन फिर से अगर कोई एक्स्ट्रा डू लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं इम्फेटिक बनाना हम लोग नहीं जितना भी ग्रामेरियन है उसको सब कोई इसको क्या कहते हैं इम्फेटिक बनाना इसको हम लोग सेंटेंस को और ज़ोरदार बना देते हैं मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता तो हूँ है ना तो ऐसा बन जाता है तो इसीलिए हम लोग जब एफर्मेटिव रखते हैं तो इसमें डू या डज जितना भी है वो सब बाहर नहीं रखते लेकिन जब नेगेटिव करते तो इसमें हम लोग डू या डज को बाहर निकाल देते तो क्या कह सकते हैं हम लोग अगर जो हम लोग का एक ठो न्यू स्ट्रक्चर आया सब्जेक्ट प्लस अब बताओ हेल्पिंग वर्व कहाँ आता था मैं फर्स्ट पार्ट में बताया था चाहे जैसा भी सेंटेंस हो हेल्पिंग वर्व है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्व हेल्पिंग वर्व अगर उसके बाद नोट नहीं है और वर्व है तो डायरेक्ट फिर मेन वर्व आ जाता लेकिन यहाँ क्या है नॉट है तो हेल्पिंग वर्व प्लस नोट प्लस मेन वर्व प्लस ऑब्जेक्ट क्या अब ये बन सकता है शायद बन सकता है सबसे देखते हैं मैं मार्केट नहीं जाता हूं अब इसमें बताओ मैं मार्केट नहीं जाता हूँ इसमें सब्जेक्ट क्या है आई कोई दिक्कत नहीं आई उसके बाद क्या होता है सब्जेक्ट लिख दिया फिर हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा इसमें डू होगा या डज होगा देखो जहाँ हम लोग वी वन यूज़ करते थे जहाँ वी वन यूज़ करते थे वहाँ हम लोग डू यूज़ करेंगे जहाँ वी फाई भी यूज़ करते थे वहाँ डज यूज़ करेंगे बाकी अब जो है हमारा मेन भर्व जो आएगा ये ये हमेशा वी वन रहेगा और ये जो है ये डू या डज आएगा क्या हो जाएगा डू यान प्लस ऑब्जेक्ट तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट मतलब जब नेगेटिव बनाते हैं तो वी फाइव नहीं यूज करते हैं ऐसा क्यों क्योंकि देखो ये भी एक तो है, डू या डज ये जो है एक तो एक्टो वर् है तो ये देखो भी वन के रूप में है ये है वी फाइव के रूप में तो जहां हम लोग भी वन यूज करते थे वहां डू यूज करेंगे और जहां वी फाइव यूज करेंगे वहां डज तो I के बाद बताओ हम लोग भी वन यूज करते थे या वी फाइव वी वन तो इसके लिए हम लोग फिर यहाँ क्या लिखेंगे डू और नहीं है तो इसके लिए नॉट इसको हम लोग शॉर्ट में डोंट भी लिख सकते हैं है ना तो आई डू नॉट गो अब ये देखो जहां फाइनल पोजिशन दिया रहे एक तो इनिशियल पोजिशन होता है एक फाइनल तो इनिशियल के लिए हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं और फाइनल के लिए टू तो ये देखो तो फाइनल है इनिशियल ये फाइनल है तो इसीलिए हम लोग इसमें टू का भी यूज करते हैं आई डो नॉट गो टू मार्केट शोट में बोल सकते हैं आई डोंट गो टू मार्केट है ना गाय मांस नहीं खाती है तो गाय सिंगुलर है या प्लुरल है गाय सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं वर्फ सबसे पहले काव उसके बाद सिंगुलर है मतलब यूज करते थे या ऑफ़ कोर्स क्यों क्योंकि सिंगुलर है और भर्ब फाइव जो है वो सिंगुलर होता है तो वी फाइव मतलब अभी हम लोग लगाएंगे का डज़ फिर नहीं है तो इसके लिए नॉट उसके बाद मांस खाती है ये है वर्ब इसका तो खाना का इट और मांस का मिट मीट कोई दिक्कत इसमें अब देखो तुम्हारे भाई अंग्रेजी नहीं जानते तुम्हारे भाई अंग्रेजी नहीं जानते इसको भी बनाते हैं अब देखो तुम्हारी भैया जी जो है वो सिंगुलर है या प्लुरल है वो बताओ भैया से पूछ के आओ सिंगुलर है या प्लुरल है देखते हैं क्या बताते हैं देखो कोई भी बारे में किसी के भी बारे में बोला जाए अगर वो एक है तो सिंगुलर होता है और अगर वो दो या दो से अधिक है तो वो होता है जैसे देखो तुम्हारे भाई तुम्हारे भाई मैं तुम्हारे भाई जी को बात कर रहा हूं तुम्हारे भैया जी के बारे में तुम्हारे बारे में नहीं तो तुम्हारे भाई एक ही है ना तो तुम्हारे भाई लोग नहीं है तुम्हारे भाई है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब ओके तो तुम्हारे भाई का योर ब्रदर योर ब्रदर उसके बाद अंग्रेजी नहीं जानते वर्ब क्या है इसमें जानना लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम लोग डोंट यूज करते हैं Don't ये हम लोग का negative है do plus not don't ये do plus not को हम लोग डोंट लिखते सीधे ठीक है don't नो English अब देखते हैं मैं पटना में नहीं रहता हूं कहाँ रहते हो भाई मैं पटना में नहीं रहता हूं I don't live in समझ में आ रहा है अब हम लोग एक थोड़ा और देखते फिर अब आते हैं हम लोग इंटरेगेटिव में मैंने बोर्ड पे दो ठो सेंटेंस लिखा है एक तो है क्या मैं खाता हूं और दूसरा है मैं क्या खाता हूं अगर आपको इस इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है तो पहले पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए नहीं आता है तो फिर हम बताएंगे देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इंटरगेटिव सेंटेंसेस और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में मतलब जितना भी सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वो दो प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं येस नो क्वेश्चन यस नो यानी इसका जो आंसर होगा वो हमेशा जो आएगा वो सिर्फ येस और नो में इससे ज़्यादा नहीं ठीक है और दूसरा टाइप का जो है उसमें एक्सप्लन करना पड़ता है एक्सप्लन करना पड़ता है इसको एक्सप्लिटरी कहते हैं इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा लॉन्ग टाइप में आता है फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मैं खाना खाता हूँ इससे ये नहीं पूछ रहा है कि मैं क्या खाता हूँ मैं क्या खाता हूँ ये नहीं पूछता है। जैसे कि मान लो आज सुबह ये आज सुबह ये चावल खाया था और ये अगर पूछा क्या मैं खाना खाता हूँ तो इसका आंसर ये नहीं है कि मैं चावल खाया था इसका आंसर है हाँ वो खाता है ओके तो इस तरह से ये स्नो में ये सिर्फ कन्फर्म करने के लिए पूछता है कि क्या मैं खाता हूँ जैसे क्या तुम स्टूडेंट हो तो मैं तुमसे कंफर्म करने के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम स्टूडेंट ही हो ना ओके okay? तो इसी तरह पहला जो है वो येसनो yes, no, और दूसरा जो है उसको एक्सप्लेनेटरी कहते हैं जैसे मैं क्या खाता हूँ मैं क्या खाता हूँ ओके okay? तो इसमें जो है इसका जो जो खाता है जो डाइट वो खाता है मान लो रोटी लेता है ब्रेड लेता है कोई भी चीज़ तो वो सब यहाँ उसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग करके एक्सप्ल करके बताना पड़ता है ठीक है अगर यहीं रह जाए मैं क्यों खाता हूँ तो वो भी एक्सप्लेनेटरी रहता है मतलब अगर कोई सेंटेंस का सबसे पहले में सिर्फ क्या रहे तो वो हो जाता है यस नो में बाकी अगर क्या नहीं रहे तो नहीं होता है ओके यहाँ तक समझ में आया तो चलो अब देखते हैं इसको बनाते कैसे चाहे कोई भी सेंटेंस हो कोई भी टेंस का अगर उसका स्ट्रक्चर जानता है तो उसका इंटरेगेटिव बहुत ही आसानी से बन सकता है देखो हम लोग कोई भी जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ग को आगे कर देते हैं प्लस अब पूरा जो स्ट्रक्चर सबसे पहले से सब्जेक्ट से शुरू होता है वैसा ही लिख दो सब्जेक्ट प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहले लिख चुके हैं तो फिर बाद में नहीं लिखते हैं ओके तो यहां अगर नोट रहे तो नोट नोट रहने देते और नहीं तो फिर आगे तो हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग लिख चुके हैं तो उसके बाद हम लोग का क्या आएगा मेन वर्व मेन वर्व प्लस ऑब्जेक्ट बस हो गया मतलब हेल्पिंग वर्व को सबसे पहले कर दो सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट है और नहीं तो मेन वर्व फिर ऑब्जेक्ट तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्व क्या है इसमें डू या डस वही है ना तो इसमें देखो मैं के साथ क्या लगाता हूँ डू या डस हरिअप माइंड को साफ रखो मैं के साथ डू लगाता हूँ ना तो मैं के साथ डू चलो हो गया हेल्पिंग वर्व हो गया अब क्या बचा सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें आई आई उसके बाद नॉट नहीं है इसमें कहीं नॉट है क्या नहीं है तो अब मेन वर्व क्या है मेन वर्व है खाना तो do I इट क्या ऑब्जेक्ट है नहीं है तो ये मेरा सेंटेंस बन गया ओके अब दूसरा मैं देखो अब इसमें भी तो क्या है लेकिन यहाँ तो क्या का हम लोग कुछ लिखे ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ येस या नो में आंसर मांगता है और कुछ भी नहीं तो इसी तरह क्या का यहाँ मीनिंग हम उस समय नहीं लिखते जब क्या जो है कोई भी इंटरेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आए तब हम लोग क्या का जो मीनिंग है वो नहीं लिखते क्यों क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए बोला जाता है और यही मीनिंग देता है अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कर दे तो अब दूसरा जो है उसमें भी बहुत आसान है ये जो है सिर्फ यही छोड़ के ये वाला क्या छोड़ के बाकी कोई भी वर्ड है जो सब्जेक्ट के बाद है जो क्वेश्चन पूछने के लिए आया हो जैसे मैं है ना और क्या है तो ये देखो सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन पूछने के लिए अगर आया हो तो उसको हम लोग एक्सप्लेनेटरी कहते हैं जैसे अगर यही क्यों रहे कब रहे कैसे रहे तो वो सब सारा का सारा क्या हो जाता है एक्सप्लेनेटरी और उसके और ऐसा जब रहे तब उसका स्ट्रक्चर जो भी एक्सप्लेनेटरी वर्ड रहे उसको कहते हैं डबल इंटरगेटिव या डब्ल्यू फैमिली का क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं तो सिर्फ मैं यहाँ डब्ल्यू क्वेश्चन लिख देता हूँ डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस तो ये देखो अगर डब्ल्यू क्वेश्चन है तो सबसे पहले डब्ल्यू क्वेश्चन आ जाता है और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर फिर सब्जेक्ट नॉट मेन भर ऑब्जेक्ट बन सकता है शायद बहुत आसान से अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्या है? क्या है क्या है क्या है यही क्या है तो इसका क्या का इंग्लिश क्या होता है वट क्या होता है वट तो यहां लिखते हैं हम लोग वट क्योंकि जो डब्ल्यू एच वर्ड है इसका उसका सबसे पहले हम लोग लिखा करते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें ये देखो मैं क्या खाता हूं तो मैं के, मैं के साथ क्या लगता है डू चलो लगा देते हैं डू और उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट तो है नहीं नहीं है चलो मेन वर्ब क्या है इट और उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है ना तो ये मेरा सेंटेंस ये भी बन गया डू आई इट वट डू आई इट ये दोनों सेंटेंस का डिफरेंस ओके okay? अब और कोई सेंटेंस बना लेते हैं जैसे मैंने लिखा आप क्या आप क्या पढ़ते हो है ना आप क्या पढ़ते हो तो ये देखो क्या जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है मतलब ये एक्सप्लेन करने का है ये स्नो का तो पूछ नहीं रहा ना क्या पढ़ते हो ऐसा तो नहीं पूछा है तो इसमें हम लोग को क्या का मीनिंग जो है वो लिखना पड़ेगा तो क्या क्या मीनिंग क्या होता है वट उसके बाद आपके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है डू उसके बाद ये आपका यू और पढ़ना का रेट बहुत आसान था ना कोई दिक्कत इसमें अब देखते हैं और आप कहां रहते हो आप कहां रहते हो देखो अबर ये कहां आ गया तो कहां का इंग्लिश क्या होता है वेयर क्या होता है कहा वेयर उसके बाद फिर ये आप है मतलब डू और यू डू यू रहना का क्या होता है लिव वेयर डू यू लिव बन सकता है शायद बहुत आसानी से ओके मैंने एफर्मेटिव समझा दिया निगेटिव समझा दिया और ये इंटरेगेटिव समझा दिया और कुछ बचाया नहीं आपका तो होमवर्क रहा जो एफर्मेटिव हमने बताया उसी को इंटरेगेटिव में बना सकते हैं तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा अगर आप होमवर्क बनाएंगे तो नहीं तो आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया कीजिए इससे आपका इससे आपका इंग्लिश बेटर हो जाएगा अगर आपके पास ट्रांसलेशन बुक है तो उससे ज़्यादा उससे आप ज़्यादा अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा अच्छा से कोई चीज़ सीख सकते हैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया रहता है उधर ओके कोई ग्रामर या कोई ट्रांसलेशन का बुक ख़रीद लीजिए ज़्यादा बेटर हो सकता है ठीक है